हनुमान लाने जा रहा है अवश्य उसके रास्ता को रोकना होगा अवश्य रोकना होगा हनुमान सूर्य को मैं आज्ञा देता हूं कि सूर्य पूर्वांचल में जाकर शीघ्र ती शीघ्र उदय हो जाओ सौर्य की रोश में पड़ेगी और छोटे तापों मर जाएगा और उसको हनुमान को रास्ता रोकने के लिए मायाबी माधि सा तो बढ़ा गया अबे अब काल ताल काल तालबे के पास मुझे जाना चाहिए भी अबी काल का में न आपके पास रथ है न सारथी है न घ है न कुछ नहीं है महाराज और नंगे पांव भी आए है महाराज क्या बात है महाराज इस अधरात्रि में काल के पास आए हैं बताइए महाराज आप पहले आरती से स्वागत कर लेते हैं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 देखिए रावण महाराज का आरती है इसको ले आरती को लीजिएगा तो केवल दुखित में रहिएगा सुखी जीवन कभी भी नहीं रही है दौरान मेघनाथ ने, ने, ने, ने छोटे तापस में शक्ति का प्रहर किया छोटे तापस मूर्छित है हनुमान नाम का बंदर सुखेद को उठाकर लिया है सुखेद ने युक्ति बताई उत्तर दिशा में द्रोणागिरी पर्वत को सजीवन भूति लाने जा रहा है उससे कई कुना तेज फेंक के मैं तुम्हारे पास आया हूं कि हनुमान ध्रुव पर्वत पे जा रहा है तुम अपनी माया फैलाकर चाहे जिस तरह हो शाम, शामेद रंग से हो कौशल से हो हित से हो जिससे हो हनुमान को रास्ता नहीं महाराज किसी तरह उसका रास्ता रोको लोग नहीं महाराज क्षमा कीजिए हे महाराज आप उस हनुमान की बात कर रहे हैं जो हनुमान आप आपके रहते हुए भी लंका में आग लगा दिया बहुत उत्पत्ति किया महाराज उस बनर का रास्ता हमसे नहीं रुकाएगा तुम किससे बात कर रहे हो जानते हो एक राजा की शामिल इसलिए गुरु की तरह तो उपदेश दे रहे हो मुझे हनुमान लंका जलाकर चला गया पड़ो से पिंजरे को की, की पिंजरे से उड़ गई उसी तरह हनुमान लंका से निकल गया एक तुच्छ खत्तर परंतु तो पहले भी यह बताओ कि इस संसार में तीनों और चौदो घूमों में रावण रावणी रावण जब पुष्पों के बला बनाकर बैठक इंद्र आकर पहनाता है गले में प्रभा की दिहाई प्रभा पर पहला पार करत नित्य शमीद देते दे हैं नित्य नगर को बाहर संदर्भ छवि को बड़ूण महलाता है हाल चंद्र धारे मैटता हूं पुष्प से ये था। अगर तुम ये कार्य नहीं करोगे तो आज तुम्हारी मृत्यु तेरे लिहाजों से निश्चित है धन से अलग कर दूंगा <गणाँ> आप हमको तो कुछ सोचने का वक्त दीजिए ताकि मैं सोच के बताऊ जो कुछ भी सोच लेकिन लंका के हित में सोचना सोच, सोच, मेरी यज्ञा का पालन करना होगा ठीक है नया करूचो तो तो क्या करू इधर है खाई और बीच में है जम्पित का भाई यदि मैं इनका कार्य नहीं करता हूँ तो ये मुझे मार देंगे और ये मुझे मारेंगे फिर तो हमको राक्षस कुल में ही पैदा लेना पड़ेगा क्यों नहीं ये अवसर उस हनुमान नाम का बैनर मुझे मारेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा वो पापी से मरकर नहीं उस हनुमान नाम के बनर से हाथ ऐसी मरूंगा तो मेरा जीवन धन्य है हे महाराज हेलो आपका कार्य में करूंगा जी महाराज <laughs> ले या गार्ड की तर्ख करंका में वस लौटकर आओं भी पुरस्कृत कर <स्थारीग> बना हनुमान नाम का बानर का मैं ऐसा रूप बनाऊंगा ताकि वो हनुमान नाम का बानर मुझे पहचानेगा नहीं साल नहीं है क्यों रही अभी मैं चलता हूँ जाति जनता की आस्था त्मा का फेस फेस्ट करेगा ताकि मुझे से इनकार करेगा ऐसा क्यों नहीं वो बहुत ही सुंदर श्रम है और इसी स्थान पे अपने माया के द्वारा एकदम सुंदर सा कुटिया बनाता हूँ कुटिया माया माया क्या बात है एकदम सुंदर सा कुटिया बना दिया और बगल में तालाब चला चला अब मुझे साधु का दोष धारण करना चाहिए ताकि वो बानर हनुमान मुझे नहीं पहचाने चलो मेरी माया पर इसको का कैसे चल माया है चलन चल मेरी माया रम मेरी माया ये मांगाई और साधु देखिए साधु रामा ये हो गया रम रम्मा अब क्या चाहिए तारी वाली चाहिए चल मेरी माया तो मैया दादा रे दादा किस बुद्धि का उखाड़ के भेजिए माया रे बाप लेकिन क्या करें इसको पेरना पड़ेगा अरे चल चल मेरी मेरी माया तू अरे मेरी माया, माया पूरा मारने की प्लान पहले से बना चुकी है देखिए सफेद दारी और ये काला जाटा वो बानर छोड़ेगा अब माला चल सब चाहिए आज चल मेरी माया